नगरीय निकाय चुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा छियालीस में से इकतीस नगर पालिका नगर परिषद में भाजपा ने जीत का इतिहास बनाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण योजना का इतना व्यापक समर्थन जनजातीय क्षेत्र में मिला है उन्होंने कहा जनजातीय क्षेत्र में जो समर्थन दिया है यह वास्तव में प्रधानमंत्री के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति उनका विश्वास है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा 46 नगर निकाय चुनाव हुए थे जिसमें 17 नगर पालिका और उनतीस नगर परिषद के चुनाव थे और पूरे चुनाव जनजातीय क्षेत्रों के थे उन्होंने कहा आज मुझे बताने में इस बात का गर्व है कि बीजेपी ने 46 में से 31 नगर पालिका नगर परिषद में जीत का इतिहास बनाया है मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के क्षेत्र छिंदवाड़ा में छह में से चार पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है सोलसर उनकी लोकल विधानसभा है वहाँ पंद्रह में से चौदह पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जनजातीय क्षेत्र झाबुआ में बीजेपी ने जीत का इतिहास बनाया है दिवाली की मैं अग्रिम सबको शुभकामनाएं देता हूँ और इस दिवाली के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जो छालीस नगर निकाय के जो चुनाव थे सत्रह नगर पालिकाएं और उनतीस नगर परिषद के चुनाव थे और पूरे चुनाव जनजातीय क्षेत्र के अंदर थे आज मुझे बताने में इस बात का गर्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मैं उनको बहुत हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाओं को इतना व्यापक समर्थन जनजाति क्षेत्र में मिला है कि छालीस में से 31 नगरपालिका नगर, नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बनाया है और जो कई प्रकार की चीजों के दम्ब भरते हैं लेकिन वहां कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि सौसर उनकी लोकल विधानसभा है वहाँ में से चौदह पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं अनूपपुर में सभी स्थानों पर भाजपा ने जीत हासिल की है ऐसे में जनजाति क्षेत्र में भाजपा ने इन नगर निकाय के चुनाव में जो जीत कर इतिहास बनाया है यह उन भ्रमों को तोड़ता है जो लोग जनजाति क्षेत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कई प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं उन्होंने कहा मैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर में सभी स्थानों पर जीती है ऐसे जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इन नगर निकाय के चुनाव में जो जीत का इतिहास बनाया है ये उन ग्रहों को तोड़ता है जो लोग जनजातीय क्षेत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कई प्रकार की बातें करने का प्रयास करते थे